बाद में संस्कृत मंत्रों के बारे में एक ही बात नाथ संप्रदाय में और किसी संप्रदाय में कहलाई जाती है जब शिवजी को उन्होंने पूछा कि आपने तो कहा है कि इस प्राकृत भाषा में मंत्र बनाओ लेकिन इसकी सिद्धि कैसे तो मच्छिद्रनाथ जी को शिवजी ने कहा जो मुझे गुरु मानता है और जो माता को शक्ति रूप में मानता है हम हर्धनादेश्वर रूप में है जो कहेगा कि गुरु का आदेश है और गुरु के आदेश यह सारा चलता है उसको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तब मच्छी ने मच्छी जी ने कहा कि जय भोलेनाथ और राज्रदाय में आज भी जय भोलेनाथ का मंत्र कहा जाता है इस प्रकार यह शाबरी विद्या शिवजी से नवनारायण से उत्पत्ति हुई और इन मंत्रों की सहित चली अगर आप अब द्वापर युग को छोड़ लेकर कलयुग में आते हैं आखिरी अगर हम कोई उपनिषद को हम बोलेंगे तो भगवान श्रीकृष्ण की गीता गीता के बाद कलयुग में आते हैं तो कलयुग में बौद्ध आए उन्होंने संस्कृत में नहीं पाली भाषा में विद्या को दिया जैनों ने पाली भाषा में विद्या को दिया मुसलमानों ने उर्दू भाषा में विद्या को दिया और वो मंत्र सब अब अपने संस्कृत के मंत्रों से भी संस्कृत के मंत्रों के साथ ही काम करने लगते हैं तो कलियुग में माता पार्वती ने फिलिडी के रूप में आशीर्वाद देते हुए कहा जो विद्या साबरी विद्या मेरी विद्या कहलाती है जो शिव आशीर्वाद से जो कहेगा गुरु की आज्ञा और गुरु के मंत्र को लेकर कहेगा कि यह भाव मैं गुरु की आज्ञा से दे रहा हूं तो उसको मंत्र सिद्ध हो जाएगा इसलिए हम देखते हैं कि हर सावर मंत्र में कहा जाता है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फिर मंत्र ईश्वर ईश्वर ने कहा है कि मेरी भक्ति नहीं और गुरु की शक्ति नहीं तो यह मंत्र सिद्ध हुआ ही हुआ यह सिद्ध होना ही होना है अब आप उदाहरण के तौर पर बताओ तो कलयुग में ऐसा एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो बताओ आदि शंकराचार्य के बाद कोई भी मन के बाद आज 800 साल के बाद कोई संस्कृत जानकार ब्राह्मण या कोई ऐसा व्यक्ति तो जो यश सम्मान प्राप्त किया ऐसा एक व्यक्ति व्यक्तित्व होता क्यों बोल रहा हूँ ये बात संस्कृत अपभ्रंश होगी संस्कृत को बोलने का तरीका नहीं आया ना न्यास करने का तरीका बाद में जितने भी संत महात्माएं हुए वो लोग प्राप्त भाषाएं वाले हुए आज वही प्रसिद्ध है संत ज्ञानेश्वर से लेकर नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ हो मत्स्य नाथ हो आनिफा नाथ हो रेवणनाथ हो सब साबरी विद्या के ही श्रेष्ठ साल कहलाए प्राकृतिक मंत्र ही आगे बढ़े आज इसका नहीं मानना का ज्ञान नहीं होने के कारण के बारे में जानकारी नहीं होने कारण संस्कृत मंत्र को हम जानने के नहीं जानने के कारण इवन फिर भी वो देवता भाषा है देवताओं की पूजा करते समय उस भाषा का उपयोग करना चाहिए क्योंकि अगर मैं जाके कन्न देश में बैठा हूं और हिंदी मराठी बात कर तो क्या समझ में आएगा देवता की पूजा करते समय देवता भाषा की देवता की भाषा बोलनी चाहिए लेकिन जब भावना की बात आती तो है और ये साबरी मंत्र के उद्योग से ही इस कलयुग में सब सिद्ध हो आज इतने मंत्रों को जो भी मंत्र हो संस्कृत मंत्र को गुरुमुखता ही लेना चाहिए और गुरु को उसका विधान मालूम करना चाहिए लेकिन सावरी मंत्र विद्या की एक विशिष्टता है जब शिव के पास ये मंत्र लेकर बाहर आए तो बोले ये संस्कृत का जटिल जो विधान है जटिल जटिलो को उच्चारण करना उसकी कुंडना चक्र देखना उस चक्र में कौन सा मंत्र मुझे हो क्या है कौन सा मंत्र धनी है कौन सा मंत्र ऋणी है ये देखना इसके बाद मंत्र को करना अगर कोई कोई मंत्र होता है तो कभी अच्छा फल देता है कोई मंत्र बुरा फल देता है इसके बाद इससे पहले भी मैंने आपको उदाहरण दिया उदाहरण यह दिया था कि मैं श्रीशैलंग के जंगलों में जा रहा था तो एक आदमी बैठा था जो बारह वर्ष से ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था ये कहते हुए? कि मुझे बांधना है ओम नम शिवाये अपनी उधर भी शिव स्थल अपने साधना स्थल क्षेत्र साधना मंदिर वहां भी बांधना जिसे भारत विज्ञान केंद्र के नाम से स्थापित किया यहाँ से साठ किलोमीटर दूर पे है वो आदमी वहां बैठा था तो मेरे साथ जो आदमी आया था गुरु जी आपको एक आप कुछ न समझे तो एक बात बोलता हूँ बोला क्या बात आदमी जो यहाँ बैठा है बारह वर्ष से ओम नवशि का करोड़ों और उसकी इच्छा एक है कि यहां कि उसके बाद शिव मंदिर एक पैसा नहीं आता खाने के लिए भी मांगना पड़ता है इतना जप करने के बाद भी ओम नवशि आया था उसको कुछ सिद्धि नहीं मिलती क्या बात जब मैं उसके पास गया संदीव दी की आज्ञा से जो ज्ञान काल पुरुष ज्ञान कालपुरुष साधना मैंने की है उस प्रश्न से मैंने सीधे पूछा कि प्रभु क्योंकि इसका मंदिर क्यों बनाया जा रहा है तब तो शिव ने कहा इसको ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये ऋणी है ये जब तक रहेगा दरिद्र ही रहेगा इसका काम नहीं होगा तो यह शिव रहा था कि इसके लिए क्या करना चाहिए वो इसको ओम नमः भगवते रुद्राय मंत्र जब मैं आपको श्रेष्ठ नहीं कहता ओर नव भगवती रुद्राय का मंत्र आरंभ किया चालीस दिन में उसका उसको एक बाहर का फार्माला था। था, है तो बाहर गया था और ये पैसा ले ले तो मंदिर पान जब मैं एक वर्ष के बाद वहाँ जा रहा था तो वहां मंदिर खड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ आपने मंत्र लेके चले गए आप कौन है क्या है मुझे बता नहीं तो मैंने कहा मंदिर हुआ तो ने कहा सिर्फ ओम नंबर होते हैं रुद्रा है, इस मंत्र को शिव जी का ही मंत्र है उसको देने पर उसको सिद्धि मिली तो इसका ज्ञान गुरु के द्वारा होना चाहिए कि कौन सा मंत्र हम करना चाहिए इसका ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक हम उस मंत्र में सिद्धि चाहे करोड़ों वर्ष तक हम साधना संपन्न करें तब व्यनाथ ने शिव जी को और मां शक्ति को पार्वती को माना कि यह सारी क्रियाएं धन है ये मंत्री ऋणी है हम ये मंत्र करने सिद्धि होती है नहीं होती कष्ट पहुंचता है क्या होता है हमें नहीं मानते सिर्फ इतना बता दो हम जो भी मंत्र बोलेंगे उसको सिद्धि होनी ही चाहिए उसमें ऋण धनी नहीं होना चाहिए कोई उसका कंट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए ऐसा कोई मंत्र होगा मच्छिन्द्रनाथ ने जब माता पार्वती और शिव जी तो शिव जी ने कहा जो गुरु का नाम लेगा और मंत्र दे देगा दे उसको सारी सिद्धियां प्रदान कर रहा हूं जो सावर, वीधान। सावर वीधान। इसका विधान बताते हुए गए लेकिन मच्छिन्द्रनाथ जब ये साधनाएं सभी को प्रदान कर रहे थे तब उसका दुरुपयोग भी आरम्भ हो गया और जब गोरखनाथ जी का जन्म हुआ गोरखनाथ जी ने माथ अपने गुरु के पास कर कहा कि प्रभु इन मंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है इसको कुछ न कुछ बंधन करना इसको कुछ न कुछ किरण करना चाहिए तब नाथ जी ने गोरखनाथ की बात समझ में आई और कहा हां मंत्र सिद्धि के लिए मैं क्योंकि ये लोग तो शुद्ध है ही नहीं और इनके पास न मंत्र बोलने की शक्ति है न मंत्र करने की शक्ति है और ये कोई भी बोलेंगे भावना के साथ तो सिद्ध हो जाएगी देवता बात करने लगेंगे और इसका दुरुपयोग हो रहा है इसके लिए इसको कीड़ित करते हुए मैं एक साबर यंत्र तैयार करता हूं जिसमें नवनाथों का स्थापन होगा और उन नवनाथों के स्थापन यंत्र को जो अपने घर में लेकर कोई भी साबर मंत्र करो उसको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी ये निश्चित है ऐसा करेंगे और गोरखनाथ मशीन नाथ जी ने एक नवनाथ मंत्र की नवनाथ यंत्र की स्थापना की और कहा साबर विधान में जिसको कभी भी सिद्धि नहीं मिल रही है केवल को घर में रख लो आपका काम हो जाएगा आपको दूसरे मंत्रों को करने की या दूसरे को साबर विधान में श्रेष्ठता आज कलयुग में आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्राह्मण जो बहुत सारी साधनाएं है करते हैं लेकिन न यश को प्राप्त करते हैं न कीर्ति को न राजा होते हैं न प्रजा होते हैं न उनके पास उनको खाने के लिए कहीं आगे जाना पड़ता है और साबर विधान के साधक जितने भी हैं आज नाम नहीं लेता लेकिन मुख्यमंत्री हैं और ये ये जहां से भी काम कर रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि साबर विधान में आपको केवल गुरु के आदेश को मानना होता है और गुरु के प्रतिज्ञा करनी होती है वो ये कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुर मंत्र ईश्वर हो वाचक ईश्वर ने कहा है कि मेरी भक्ति है और गुरु की शक्ति है तो मैं जो कह रहा हूं होना ही चाहिए वो किसी प्रकार का भी कार्य हो और मच्छिंद्रनाथ और नवनाथ ने जब पीड़ित इन मंत्रों को किया था तो एक यंत्र जो चांदी के फलक पर करते हुए कहा था यह यंत्र जिसके घर में रहेगा उसके घर में सावर मंत्र का कोई भी मंत्र करे उसको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी ऐसा उन्होंने उनको आशीर्वाद देकर कहा और हम आज देखते हैं मैं बात अगर ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं आप अच्छी तरह जानते हैं इसके लिए में कितने ब्राह्मण संत गहलाये कितने ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए मंत्र से उद्धार हुआ ये बता दू एक नाम बता दू और मैं बता रहा हूँ जो ब्राह्मण नहीं है जिन्हें पारद विज्ञान या संत ज्ञानेश्वर दुकाराओं में प्राकृत भाषा में करते हुए अन्नमय हो और आपके संत जलाराम बापू हो गुजरात के या तुलसीदार संसार में श्रेष्ठता के साथ यश कीर्ति और महादान उनके ग्रंथों की पूजा की जाती है ऐसा क्यों क्योंकि ये माता पार्वती का दिया हुआ आशीर्वाद मंत्र है ऐसा नहीं कि मैं संसुत में संसुत मंत्र में मं, मंत्र मंत्र करने में जो जटिलता है उसमें आप कहीं यहाँ नहीं छीना वहां नहीं छीना पानी शुद्ध पीना पानी शुद्ध खाना आप यहाँ रहना वहां रहना सावर मंत्रो में कोई शिक्षण नहीं केवल गुरु को मान लो <coughs> गुरु की शक्ति को मानो और मंत्र करो आपको सिद्धि मिल जाएगी मैं इसका उदाहरण देखने के <coughs> लिए गत तीन वर्षों के पहले गिरनार पर्वत पर गया गिरनार पर्वत पर गया और एक सावन मंत्र की साधना करने के लिए गया वहां दत्तात्रेय का पहाड़ है उसके नीचे जंगल जहां शेर आदि सब आते हैं माता काली का मंदिर है वहां जाकर मैं बैठा और तीन मिनट की सावन साधना केवल दूर पे करनी चाहिए